हर शख्स की उम्मीद और अरमान बह गया सारा गुज़र अवात का सामान बह गया बाक़ी है अब गरीब पे एक आसमां की छत कच्चा था जो गरीब का मकान बह गया आए हैं जिसको देखने हैवान गाँव में इंसानियत के साथ वो इंसान बह गया सौदागरान खून हुए फिर से मुतहरिक, शायद के ताजरान का ईमान बह गया हाकिम से किसी खैर की उम्मीद ही नहीं सब एतम बह गया ई कान बह गया इस बेहसी पे कितना लिखूँ किस कदर लिखूँ अकबर ख़याल बह गया जदान बह गया